वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा आज स्टे है और आज ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो ओल्ड एज लेडीज़ हैं जो घुटने के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं आज सुबह सुबह सो भी हमें एक ओल्ड लेडी सेवेंटी फाइव की आई तो उनको देख के उनके ट्रीटमेंट के प्रॉब्लम्स को समझते हुए ये वीडियोज उन हर एल्डरली पर्सन के लिए है जो नी रिप्लेसमेंट या घुटने के दर्द से परेशान है और ये कोई भी दर्द किसी भी वजह से होता हो और आप 50 या 60 साल से ऊपर हैं आपके साथ ज़्यादातर लोगों के घुटने परेशान करते ही करते हैं ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसको हम आर्थराइटिस घटिया रोग ये सारी चीज़ें बोलते हैं यहाँ पे मैं बीमारी को तो बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊँगा क्योंकि बीमारी समझाना पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन आप क्या क्या कर सकते हैं और अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं अपने फिजियोथेरेपिस से या अपने डॉक्टर से तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये वीडियो इसके ऊपर है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेक श्योर टू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये वीडियो किसी न किसी की हेल्प कर सकती है इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो जो हमारे पास पेशेंट आई वो 75 इयर्स ईयर्स की थी उनसे चला भी नहीं जा रहा था और बड़ी मुश्किल से वो यहाँ तक आई तो जैसे ही मैंने उनको बिस्तर पर लेटाने की कोशिश की थी तो उनको बिस्तर पर भी नहीं लेटा जा रहा था तो ऐसे पेशेंट के साथ हम किस तरह से डील करें उन्होंने ये भी बताया कि वो रेडी हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए क्या 75 इयर्स की के एज में नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए उनको एक और दिक्कत थी लिम्फिडिमा लम्फिडिमा ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो तो शरीर का गंदा खून बहा के लेके जाता है उसी तरह से अगर लम्फीडिमा होता है तो वो जो वेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है वो भी नहीं सही से काम करता जिसकी वजह से टागें काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती हैं जनरली हमें फ़ीमेल में ही ये देखने में मिलता है लम्फीडिमा मेल्स में बहुत तो अगर लिफिडिमा है या कोई और दिक्कत है तो प्लीज़ जॉइंट रिप्लेसमेंट ना कराएं मेरी एडवाइस ये है अब कई लोग उनको जो अर्ली एज़स से फिफ्टीज इयर्स से आपको दिक्कत होना चालू हो जाती है आप काफ़ी बार डॉक्टर के पास जाते हो आप होम्योपैथी चालू करते हो आप डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते हो तो ये चीज़ों के लिए भी मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा आप स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगवा के सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए आराम पाते हैं आपके घुटने तो घिस्ते रहेंगे और ये दिक्कत बढ़ती रहेगी और समझ लीजिए कि जितनी देर तक आप इन घुटनों के साथ चलते रहेंगे और पचहत्तर साल में या 60 साल के बाद आप जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे डॉक्टर जब कहेगा कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता अब जॉइंट रिप्लेसमेंट ही होगा तब तक आपकी मांसपेशियां आपका हार्ट आपकी जनरल हेल्थ आपका लिवर आपका किडनी सब कमज़ोर हो चुका होगा जब जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत लेट किया जाता है तभी वो लोगों को सक्सेस नहीं देता जब आपको अर्ली एजिस में आर्थराइटिस की समस्या आने लग जाए और आप पचास क्रॉस कर जाएँ मेक श्योर sure कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लें आप बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी से भी इसमें आराम नहीं पाते अर्ली स्टेजेस में तो आपको बहुत आराम मिलता है कि इसके बाद आप महीना दो महीना तीन महीना छः महीने तक आपको आराम मिलता है आपको अच्छे से थेरेपी पर ध्यान देना चाहिए अर्ली स्टेजेस में जब सेकेंडरी स्टेज यानी कि थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया है तो आप दवाइयों पर बिल्कुल ना जाएँ जो कुछ भी आप एक्सरसाइज के थ्रू काम करें एक और इम्पॉटेंट चीज़ है फीमेल्स का क्योंकि स्टेंडिंग जॉब बहुत ज़्यादा होता है घर में खड़े रहने का उसकी वजह से उनका दर्द बढ़ता है एक तरफ आप थेरेपी कराते हैं एक तरफ आप गोली लेते हैं उसके बाद किचन में घंटों घंटों खड़े रहते हैं तो आप अपने साथ ना इंसाफ़ नहीं कर रहे दूसरी चीज़ जब भी आपके जॉइंट्स डिटोरीट होते हैं तो आप किसी घुटने डिटोरीट नहीं होते आपके एंकल भी मोटे होने लग जाते हैं आपके पंजे भी फैलने लग जाते हैं पाँव की उंगलियाँ भी टेढ़े होने लग जाती हैं और आपके हिप जॉइंट भी कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जाके कमर के कूलों को भी स्ट्रेस्ड आउट कर लेते हैं तो एक छोटी सी जो अर्थराइटिस की बीमारी होती है वो आपको पूरे कमर से ले नीचे तक परेशान करने लग जाती है कभी घुटना दर्द करेगा लेफ्ट का कभी राइट की हिप दर्द करेगी कभी आपके तलवे दर्द करेंगे आप कितनी गोलियां खाएँगे कितना परेशान होंगे डॉक्टरों से कितने इंजेक्शन लगवाएँगे और जब ये चीज़ें टांगी टेढ़ी भी होने लग जाती हैं जिसको अर्थराइटिस होगा उसकी टाँगों में आप बनावट भी इस तरह से देखेंगे ठीक है तो अगर आपके आसपास कोई भी आपको कस्टमाइज इंसॉल दे सकता है जिससे आपको कंफर्ट मिल सकता है टांगे और ज़्यादा ठेढ़ी ना हो उस पर भी ध्यान दीजिएगा और जब बोइंग ऑफ लेग्स बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर आपकी स्पाइन भी ठेढ़ी होने लग जाती है आपको चलने का स्टाइल बदलने लग जाता है तो क्या नी रिप्लेसमेंट आपका सारी चीज़ें ऑल्टर कर पाएगी नहीं तो नी रिप्लेसमेंट सिर्फ अर्ली स्टेज़ पर ही कराना सबसे बढ़िया चीज़ है जब काफ़ी लेट हो जाए तो आप नी रिप्लेसमेंट की तरफ ना चाहें आप थेरेपी अलाइनमेंट इन सब चीज़ों पर जाएं, कपिंग थेरेपी पर जाएं, नीडलिंग थेरेपी पर जाएं, अपने वजन कटाने पर जाएं, ये सारी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी बजाय किसी और चीज़ को अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है अगर आपको और इससे ज़्यादा रिलेटेड कंटेंट चाहिए नी से रिलेटेड हिप से रिलेटेड तो हम आपको शेयर करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने कॉमेंट्स हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें थैंक यू